हेलो डीप ने इधर बिच है अप डाउन तो अप डाउन ट्रेडम वो कैसे चलते हैं वो कैसे चलते हैं ट्रेड ऑप्शन